राधे राधे कैसे हो आई हो आप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में हो निशा किचन में आपका स्वागत है फ्रेंड तो चलिए मैं आपको बनाने बता रही हूँ आज सूजी का हलवा तो सूजी का हलवा कैसे बनता है तो सूजी ले लिया हमने एक कटोरी और आधा कटोरी ले ली शक्कर और थोड़ा सा खोपरा घिसा हुआ लिया है और घी ले लिया इधर और इधर पानी ले लिया है और थोड़ा सा नमक तो जलाते फ्रेंड गैस को और इस पर रखते हैं कढ़ाई इसमें डालते हैं घी दो चम्मच घी डाल देंगे और फिर इसमें डालेंगे सूजी और सूजी को अच्छे से हमें मध्य आंच पे भूनना है इसको तो हम मध्य आंच पे इसको भूं इसको मध्य आंच पे भूझना है ज़्यादा आंच नहीं करना नहीं तो सूजी जल जाएगी और सूजी ये नॉर्मल वाली सूजी ना है ना मोटी है ना बारीक है मीडियम है तो इसका हलवा बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों और इसका हलवा बनाइएगा और खाइएगा इसमें बहुत अच्छा टेस्टी हलवा बन जाता है और झटपट भी बनता है बहुत ही लगता है तो दोस्तों ये देखिए सूजिए हमारी सीख चुकी और इसी तरह से सूजी को सेकना है और हाथ पे चलाते ही रहना ना कि सूजी जल जाएगी तो कर देंगे आप गेस को बन थाली में दूसरी प्लेट में हम इसको पलट लेंगे अब वही कढ़ाई में हम ले लेंगे चार कटोरी पानी क्योंकि एक कटोरी सूजी है तो चार कटोरी पानी तो लेना पड़ेगा अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक एक चुटकी नमक डालना है ज्यादा नहीं डालना है इसमेंगे डाल अब शकर सकर जो आधी कटोरी शक्कर ली है हमने एक कटोरी सूजी थी तो आधी कटोरी सक्कर लेना है तो पानी में अच्छे से उबाल आ गया है अभी हम डाल देंगे सूजी जो हमारी रखी है सीखी हुई वो डाल देंगे और इसमें डाल देंगे आप खोपरा पिसा हुआ खोपरा डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे और बन गया सूजी का हलवा दोस्तों और ये देखिए और कर देंगे आप गेस को बहुत ही टेस्टी और फ्रेंड हलवा कैसा लगा हलवा अच्छा लगा तो करीग, करीग। हो तो लाइक करिए शेयर करिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि नई नई वीडियो यही आपको मिलते रहे फ्रेंड